भगवान राम की बहन का नाम क्या था आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कौशल्या ऑप्शन बी मंथरा ऑप्शन सी शांता या ऑप्शन डी सुरपखा आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है